जैसे कि दोस्तों हम सबको बताया जाता है नोबडी कैन भी परफेक्ट हम सब जानते भी हैं तो उनमें से एक कैरेक्टर रहता है बलिन मनी हर्ष का कैरेक्टर वो 100% परफेक्ट नहीं होता है हमारे हिसाब से कुछ वो ऐसा करता है जो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत होता है कुछ की वैसी चीजें करता है जो हमारे हिसाब से ठीक भी होती है उनमें से कुछ उसकी खूबियां वही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप उन खूबियों को जानेंगे जो बलिन में मैंने देखी है उनसे काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा भी नंबर वन किसी भी मोमेंट पे आपको लाइफ को एंजॉय करना नहीं छोड़ना चाहिए हम सबको पता होता है कि हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए पर हमें ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं हमें जरा से आए हम उदास होकर बैठ जाते हैं लाइफ को जीना छोड़ देते हैं जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता है तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग है जो जिनके ऊपर चीजें बीती होती है पर वो अपनी लाइफ को पीछे ना देख के आगे की तरफ देखते हैं जिससे होता क्या है उनकी लाइफ जो पहले थी उससे काफी बेहतर हो जाती है पर कुछ लोग कुछ लोग इस चीज को समझते ही नहीं है अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठ हैं अपने हाथों ही जिससे होता है क्या है कि वो अपनी लाइफ तो बर्बाद करते ही हैं सामने जो उनके घर वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं पर बल्ले उनमें से नहीं था लाइफ जो वो नहीं छोड़ता है अगर कहीं पे कुछ माहौल बेकार भी हो रहा है ना कोई परेशानी तब भी वो उस जगह पे स्टैंड होता है और उस चीज को फेस करता है हमें भी उसी चीज हर चीज को फेस करना चाहिए उसकी तरह नंबर टू दूसरों की परवाह न करना हमें कितने लोग इस बात को जो मानते हैं की हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए मैं भी उनमें से हूँ पर कुछ हद तक ये ठीक है हंड्रेड तक ये ठीक नहीं है हर कोई आपके बारे में कुछ ऐसी अफवाह फैला रहा है जिससे की आपकी इज्जत पर दाग लग सकता है तो उस पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत है बलिन भी यही करता है अगर उसको पता लगता है दुनिया उसको कैसे देख रही है उसके ऊपर जो दाग लगाया गया वो बेकार है तब उसको बहुत बेकार लगता है उस बात का वो जवाब भी देता है तो हमें भी जवाब देने की जरूरत है हर जगह चुप नहीं रहना चाहिए हमें नंबर थ्री दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे हम सब दोस्तों होता क्या है की अपने काम को दूसरे को ब डाल देते हैं जिससे की परेशानी हमें फिर बाद में ही होती है हालांकि हम अपना काम दूसरे को ब डाल परेशानी खड़ी कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो हमें खुद ही करना चाहिए अगर हम दूसरों को देंगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा वो बेमन से काम करेगा वो बात कि आप किसी को पैसे दे अपना काम करवा रहे हो उससे बिना कुछ दिए उसको अपना काम करवा रहे हो तो वो भी बहुत गलत आदत है अगर आपको देखो कुछ नहीं आता है तो आपको सीखने की जरूरत है अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है पर आप सीख के कुछ भी कर सकते हो अपना काम खुद भी ड्रेसिंग सेंस दोस्तों हम सबको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है बलिन इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाता है की वो अपने ऊपर कितना ज्यादा ध्यान देता है आपने देखा ही होगा बलिन को ये पता होता है की अगर हम ठीक लगेंगे तभी सामने वाले ठीक दिखेंगे अपने आप को ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आपको पर इतना तो ध्यान दें कि सामने वाले की नजरों में आपकी जो पर्सनालिटी है कम से कम वो क्लियर वाली जो हो मतलब बिल्कुल आप अपने आप को साफ सुथरा तो रखते हैं हो कम से कम इस बात से अफ़ोर्ड मत हो जाना मेरी बात से पर मैं आपको एक ड्रेसिंग कहने के लिए कह रहा हूँ की मतलब हर जगह पे जैसे तैसे ना चले जाना सोच समझ के कपड़े पहनना नंबर फाइव शांत रहना सांथ एक बहुत अच्छी आदत है जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा भुखला जाते हैं पर बल्ले नहीं भुखलाते हैं चेहरे पे कोई भी भुखलाट बिल्कुल भी नहीं दिखता है और कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए क्योंकि वो परेशानी को परेशानी के तौर से लेता ही नहीं है उसको पता है कि समस्या लाइफ में आएंगी और उस समस्या को फेस करने के लिए तैयार भी रहता है तो हमें भी कुछ दर तक तैयार रहने की जरूरत है अपनी परेशानियों से ताकि हम उसको शांत तरीके से बिल्कुल हैंडल कर पाए इज्जत के साथ बात करना हमें से कितने लोग है जो इस चीज को फॉलो करते हैं बच्चों से आप करके बात करते हैं और बड़ों से जो हमारी बड़ा होता है कभी कभी तू करके बात करते हैं ये बहुत बुरी आदत है सामने वाले को मगर हम तो करके बात करते जबकि वो हमारे से बड़ा है तो एक बहुत गंदा वाला मैसेज आता सामने के ऊपर सामने वाले के ऊपर बंदे के संस्कार बेकार है आलन पोषण है वो बहुत बेकार हुआ है तो हमें सामने वाले को मैसेज बिल्कुल भी नहीं देना है कि हमें हमें रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी चाहिए हर किसी से चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो फेसाइल जरूर रखें आपके आस पास के लोग भी आपसे खुश रहते हैं अगर आप भी खुद भी उदास रहेंगे तो आपका जो आस का लोग होंगे वो भी आपसे उदास रहेंगे देखो मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके आस के लोगों से कुछ हद तक आपको फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि आप अपने घर में रहते हो अगर आपका फेस ही उदास रहेगा तो आपने देखा हो आप जब आप उदास होता है सामने वाला भी आपसे उदास हो गया पूछता है कि क्या हुआ बता दे पर आपको ये चीज नहीं करनी है आपको कितनी भी परेशानी क्यों ना हो आपको फेस पे स्माइल ज़रूर रखनी है। जैसे भी रखनी पड़े हर टाइम मुमकिन नहीं है पर आपको जितना है ताकि लोग हमारे बारे में जानना चाहे होता है क्या है की हम सब कुछ अपने बारे में सामने वाले को बता देते हैं जैसे की सामने वाले का इंटरेस्ट ही हमारे अंदर से खत्म हो जाता है क्योंकि कुछ बताने लायक ही नहीं होता है कुछ जाने लायक नहीं होता है फिर वो हमसे बोर होने लग जाता है हर रिलेशनशिप में अपलाई होती है वो दोस्ती में हो फ्रेंडशिप में हो आपको अपने बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है बिल्कुल मिस्टरियस तरीके से रहना और जितना हो सके उतना ही बताना है नंबर नाइन ज्यादा बोलना अवॉइड करें दोस्तों होता क्या है कि हम सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते बात करने के अंदर जिससे सामने वाला भी अफ्रेंड हो जाता है हम हमसे और थोड़ा सा मुंह बनाने लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए हम सबको हम सबको भी सामने वाले की बिल्कुल ध्यान से बात सुननी चाहिए ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे हमसे बात करने में नंबर टेन दोस्तों थोड़ा यहाँ पे आपको सेल्फिस होने की जरूरत है आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो क्या क्या होनी जरूरत है हाँ दोस्तों आपको थोड़ा सेल्फिस होने की जरूरत है थोड़ा मतलब होने की जरूरत है अपने आप से मतलब रखने की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आपको लाइफ एक बेहतर ढंग से जीनी है तो आपको खुद के बारे में पहले सोचना पड़ेगा दूसरे से पहले ये गलत है सही है जो भी है पर मेरी नज़र के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है अगर हम खुद के बारे में पहले सोचते हैं तो हमारे जो हेल्थ है वेल्थ है वो सब कुछ परफेक्ट रहती है दूसरे से दूसरे के मुकाबले तो होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताए इनमें से कितनी चीज आपको मालूम थी पहले से वीडियो मतलब आपने जब सीरीज देखी थी तब उसमें से आप कितनी चीज सीखे थे इनमें से और मैंने जो बताई है इनमें से और देना दोस्तों इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मैं आगे और कैरेक्टर पर वीडियो बनाने वाला हूं उन वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें थैंक यू